हेलो फ्रेंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी दोस्तों इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं ना तो उनको खाना खाने का हूस रहता है ना ही सोने का इस तरह में जाहिर सी बात है कि सेहत पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ खाना खाने के तरीके और खाना खाने का सही समय क्या होता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें तो खाना जो है तो हमें खाने में हर चीज़ मौजूद होना चाहिए आयरन कैल्शियम विटामिन ये सभी चीज़ों से भरपूर खाना हमें रोज़ खाना चाहिए खासकर करके उनको जो किसी वर्क में इन्वॉल्व हैं कोई स्टडी कर रहे हैं किसी वर्क ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जिस प्रकार लगातार कई घंटे पढ़ने से कंधे में दर्द होने लगता है ठीक उसी प्रकार अगर हम सही तरीके से खाना नहीं खाएंगे सही टाइम पर नहीं सोएंगे तो वो हमारे पूरे बॉडी में उसका असर दिखाई पड़ेगा और यही कारण है कि अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे व्यायाम के द्वारा ठीक करते हैं ठीक उसी प्रकार हमें शरीर की हर अंग की रक्षा करनी चाहिए हर अंग की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि अगर किसी एक अंग में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका रीज़न हमें पूरे शरीर में देखने को मिलता है इसलिए अगर आप भोजन अच्छे से सही टाइम पर करेंगे आपकी दिनचर्या सही है तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके फेस पर एक अलग ही टाइप की स्माइल रहेगी तो अगर आप सही टाइम पर भोजन नहीं कर रहे हैं तो इसका नतीजा आपको बहुत ही बुरा मुकतना पड़ सकता है तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो टिप्स जिसके ज़रिए आप भोजन करें सही टाइम पर करें भोजन ताकि आप स्वस्थ रहें तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि आपको बैठकर के खाना खाना है क्या है आजकल का फैशन चल रहा है कि लोग कहीं भी जाते हैं तो खड़े होकर के खाना खा लेते हैं खड़े होकर के ही पानी पी लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि लोग आजकल जिम वग़ैरह ज्वाइन करते हैं व्यायाम करते हैं तो वो तो लोग क्या करते हैं? खड़े खड़े ही पानी पी लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं तो व्यायाम करने के तुरंत बाद खाना ना खाएँ और अगला है आपका खाना खाने के आधा घंटे पहले या बीच में दो चार घूट पानी ले सकते हैं लेकिन खाना खाने के पैंतालीस मिनट बाद तक पानी न पिएं क्योंकि अगर हम खाना के टाइम पर पानी पीते हैं तो जो हमारे पेट के अंदर जठराग्नी जलती है वो बुझ जाती है जिस वजह से हमारा खाना पचता नहीं बल्कि पेट में ही सड़ने लगता है इसलिए खाने के टाइम पर हमें पानी नहीं पीना चाहिए खाते हुए ये बोले वह खाना चबा चबा करके खाना चाहिए अगर आप खाते वक्त बोलेंगे तो आपको जब बोलेंगे तो आपके साथ खाने के साथ एयर भी अंदर जाएगी और वो एसिडिटी का कारण बनता है इसलिए खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए और खाने को चबा चबा के खाने से जो हमारी लार होती है उसमें काफ़ी सारे विटामिनस होते हैं मिनरल्स होते हैं जो हमारे खाना को तोड़ने में मदद करते हैं निश्चित समय पर जो है वो भूख लगने पर ही खाएं। क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि भूख नहीं होता है टाइम टू टाइम खाने लगते हैं इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है बासी तला हुआ डिब्बेबंद पदार्थ का सेवन जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए उसका सेवन कम से कम कीजिए क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है अगर हम डाइट्स की बात करें तो अगर आप खाना की समय की बात करूँ तो सुबह आप क्या करें कि सबसे पहले तो आप सलाद वग़ैरह खाना खाएं इसके बाद आप कोई अंकुरित वीज वगैरह सुबह खा सकते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा इसलिए ब्रेकफास्ट में जितना हो सके उतना आसानी से और हरी चीज़ें खाएं जैसे सबसे पहले तो आप शुरुआत में सलाद खा लें सलाद इसके बाद आप अंकुरित कोई कुछ भी पीनट्स वगैरह ले सकते हैं इसके बाद आप दोपहर में खा सकते हैं अपना नॉर्मल खाना जो कुछ भी हो वो खाएं इसके बाद शाम को भी आपको हल्का खाना खाना है आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों जय हिंद